हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो ये फोर्थ पार्ट है क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन बेसिक कोर्स का इसके पहले के पार्ट में हमने अल्टकवाइंस के बारे में देखा था कि अल्ट कोइंस क्या होते हैं तो इस पार्ट में हम थोड़ा एक्सचेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि बिना एक्सचेंजेस आप तो क्रिप्टो करेंसी बाय कर ही नहीं पाओगे फिर वो इंडियन रुपीज़ में हो या फिर डॉलर्स में हो और एक कोर्स हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है वो है टेक्निकल एनालिसिस इन क्रिप्टो करेंसीज तो वो फ्री कोर्स है बेसिक से ही मैं पूरा कवर कर रहा हूँ वो भी कोर्स चल रहा है और ये एक सेकंड कोर्स है तो चलिए देखते हैं एक्सचेंजेस क्या होते हैं एक्सचेंजेस वो होते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज़ बाय और सेल कर सकते हो लोकल करेंसीज़ में या फिर क्रिप्टो देकर क्रिप्टो भी बाय कर सकते हो तो एक ऐसा ऐसी वेबसाइट या फिर ऐसी कंपनी जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज़ बाय और सेल दोनों कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्सचेंजेस अभी हम देखेंगे बेसिक टाइप ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं तो पहला सवाल आता है कि अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो आपको क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है नए से तो इसके लिए आपको फीएट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस लगेंगे मतलब आप इंडियन रुपीस देकर कर या फिर इथेरियम या फिर और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है वो बाय कर सकते हो उसको बोलते हैं फीएट टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो आपको इंडिया में इंडियन रुपीज़ में क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए काम आएगी दूसरा टाइप है क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब कैसे है कि आपको आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है और आपको इथेरियम बाय करना है फॉर एग्जांपल या फिर रिपल बाय करना है तो आप उनको बिटकॉइन्स कुछ देते हो और वो आपको बदले में अल्ट अल्टकॉइंस मतलब रिपल या फिर एक्सआरपी मोनेरो ऐसे अलग अलग करेंसीज आपको देते हैं तो उनको बोलते हैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो ये दो, दो टाइप हो गया अभी इसमें एक फीएड टू एक्सचेंजेस फीएड टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गया और दूसरा क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये बहुत बेसिक टाइप है अभी हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बेस्ड क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है एक्सचेंजेस में तो पहला आता है सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिसको सीईएक्स भी बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस मतलब क्या तो ये ऐसी कंपनीज़ है वेबसाइट्स है जो प्राइवेटली ओन्ड है और ये एक्सचेंजेस चलाते हैं तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर यूजर्स क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं लेकिन इसका पूरा कंट्रोल वो कंपनी के पास होता है या फिर वो इंस्टीट्यूशन के पास होता है जो ये एक्सचेंज चला रही है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज एग्जांपल के लिए आप ग्लोबली ले लो लोबीनास है बिटमैक्स है और इंडिया में आप जेपे ले सकते हो जहाँ पे आप जहाँ पे ये प्राइवेट कंपनीज़ है जो एक्सचेंजेस चला रही है तो उसको बोलते हैं सी सेंट्रल क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये एक नया टाइप है डी क्रिप्टो एक्सचेंजेस यह भी नया फॉर्मेट एक्सचेंजेस में आ गया है जहाँ पर ये कंपनीज कंट्रोल नहीं करती एक्सचेंजेस को जो नेटवर्क है जो कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया है वो खुद पूरा एक्सचेंज चलाती है और सामने जो बैठे हैं यूज़र्स बायर्स और यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं जो बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन है वो पूरा प्लेटफॉर्म पे होता है डिसेंट्रलाइज होता है तो जो भी बाइंग और सेलिंग है वो यूज़र अपने वॉलेट से जो क्रिप्टो वॉलेट्स है वहाँ से डिरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं और ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस इसके आगे थोड़े डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस में हम बढ़ोतरी देखेंगे अभी तक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सेंजेस बहुत आए थे अभी ये डी अभी बहुत सारे स्टार्ट हो गए बिनानस में भी स्टार्ट किया है बिनानस डेक्स डेक्स नाम से और इथर uh, डेल्टा है आई है ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रोज रोज रो आ रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में तो ये हो गया सेकंड टाइप तीसरा होता है पीयर टू पीयर टाइप पीयर टू पीयर या फिर उसको एक, एक्सक्रो एक्सेंक्सचेंजेस भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि समझो आपके पास रुपीज़ है और आपको बिटकॉइंस बाय करने हैं तो आप क्या करते हो पीयर पी प्लेटफॉर्म में जैसे वजीर है यहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं कि बाइंग रेट्स और क्वान्टिटी तो आपको क्या करना है समझो आपको 0.1 वन बिटकॉइन बाय करना है तो आप क्या करते हो आपके बैंक अकाउंट से वजीरेक्स पे बाय करते हो बिटकॉइंस और सामने जो बेटा है वो सेलर वो भी एक कस्टमर होता है वजीरेक्स पे वो सेल कर रहा होता है और आप बाय कर रहे होते हो इसमें एक्सचेंजेस खुद पेमेंट नहीं रखती है किसी का मतलब आपको एक्सचेंजेस आपका कोई बैंक अकाउंट एक्सचेंजेस के साथ लिंक नहीं होता है कुछ नहीं होता है आपको जो है डायरेक्टली पेमेंट जो है यूज़र को ट्रांसफर करना है बैंक थ्रू और इनको सिर्फ कंफर्मेशन देना है तो आप जब इनको कंफर्म कंफर्मेशन देते हो कि मैंने पेमेंट भेज दिया है तो वो आपको बिटकॉइंस भेज देते हैं और पीयर टू पीयर ये होता है मतलब कस्टमर टू तो कस्टमर पूरा सिस्टम चलता है तो वो होती है पियर टू पियर एक्सचेंजेस ग्लोबली लोकल बिटकॉइंस नाम की बहुत बड़ी वेबसाइट है जो फेमस है जो थोड़ा आज एक्चुअली आपको बताओ तो लोकल बिटकॉइंस थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि कुछ कुछ केसेस में फ्रॉड हो चुके हैं इस वेबसाइट पे तो ये ग्लोबल लेवल पे लोकल बिटकॉइंस फेमस है वजीरेक्स जो है वो इंडियन पी टू पी एक्सचेंज है ये एक अच्छा है ऑप्शन तो ये हो गया पीयर टू पीयर एक्सचेंज जिसमें कस्टमर टू कस्टमर कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है और वजीरेक्स या फिर ऐसी कंपनीज जस्ट कन्फर्मेशन के लिए एक मीडिएटर के तौर पर कंपनी काम करती है सेटलमेंट के लिए फोर्थ तो होता है इंस्टेंट स्वाप एक्सचेंजेस आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइंस है और आपको इथेरियम चाहिए तो ये क्या करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया है जैसे शेप शिफ्ट नाम की एक कंपनी है उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप बिटकॉइंस डायरेक्टली एंटर करोगे कि मुझे पॉइंट वन बिटकॉइन से इथेरियम बाई करना है तो आपको वहाँ पर डिरेक्टली क्वांटिटी दिखा देंगे तो आपको जस्ट बिटकॉइंस देना है और इथेरियम लेना है बस इतना ही काम होता है उसमें तो उसको बोलते हैं स्वैपिंग एक्सचेंजेस मतलब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो कॉइंस स्वैप करते हो इनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है तो क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो आप ले सकते हो हाइब्रिड एक्सचेंजेस ये एक नया टाइप है इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि पार्शियल सिस्टम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के टाइप में काम करता है वो कंपनीज भी होती है प्लेटफॉर्म भी होता है और ये कंपनीज जो प्लेटफॉर्म चलाती है जो सॉफ्टवेयर कोडेड है वो डिसेंट्रलाइज होता है तो ये कंबाइन हो गया हाइब्रिड एक्सचेंजेस का फ्यूचर में आप बहुत सारे हाइब्रिड एक्सचेंजेस देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड टाइप्स हो गए एक्सचेंजेस में अभी प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है एक्सचेंजेस एक्सचेंज सिलेक्ट करते वक्त तो पहले है कि कभी भी क्रिप्टोकरेंसी बाय और सेल करोगे तो आपको एक्सचेंजेस पे स्टोर करना नहीं है अगर आप होल्डर हो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने वाले हो तो कभी भी एक्सचेंज एक्सचेंजेस exchange, पे स्टोर नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं हैक भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है और इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता जो आपने बाय किया है क्रिप्टो करेंसीज़ से आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो वॉलेट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ये सेकंड रिस्क है शट डाउन हो जाते हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि ये एक्सचेंज बंद हो गया डायरेक्टली एक दिन में डिक्लेयर कर देते हैं बैंक करप्ट करके या फिर जो भी है इनका लेकिन किसी किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं है ये डायरेक्टली शट डाउन भी हो सकते है एक दिन में और आपके फ़ंडस जो है आपके क्रिप्टोज़ जो है जो उस एक्सचेंजेस पे स्टोर है वो गायब हो सकते हैं इसमें अभी हर एक्सचेंजेस पर आप अगर अगर आप देखोगे ग्लोबली हो या इंडियन हो किसी गवर्नमेंट का या किसी रेगुलेटर बॉडी का इस पर कंट्रोल नहीं है तो फिलहाल थोड़ा है इसमें तो जो भी है प्रिकॉशन आपको खुद का खुद लेना है एक तो है हैकिंग हैकिंग का न्यूज़ भी आप बहुत सारे बहुत बार सुनते हो कि ये एक्सचेंज हैक हो गया वो एक्सचेंज हैक हो गया और वहाँ के सारे फ़ंड्स लूज़ हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं आपके सारे फ़ंड्स और आपको कुछ नहीं मिलता तो अभी ये सारा देख लिया हमने एक्सचेंजेस के बारे में अभी आप पूछोगे कि मुझे एक्चुअली स्टार्ट करना है क्रिप्टोकरेंसीज में इंडिया में तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे बाय करना है सेल करना है तो ये कुछ एक्सचेंजेस है जो ऑलरेडी टू में ऑपरेटिव है तो ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किए है सारे एक्सचेंजेस इसलिए ट्रस्ट वर्ती है आप डायरेक्टली इनका यूज़ कर सकते हो पहला तो इस जैप पे ये बहुत पुराना नाम है 2015 से ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया में थी बीच में इंडियन कंपनी क्रिप्टो कंपनीज़ ने ऑपरेशन बंद कर दिया था एक्सचेंजेस ने फिर से अभी इन्होंने ऑपरेशन खुद के रिस्क पे स्टार्ट कर दिया है तो जेप पे एक यहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर करके केवाईसी करके स्टार्ट कर सकते हो बाइंग वजी जैसे मैंने आपको बोला पी टू एक्स पी, टू पी ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए अच्छा होता है मतलब अगर आप 10 बीस हज़ार तक वगैरह बाय करना चाहते हो तो पी, पी एक्सचेंजेस का आप यूज़ कर सकते हो रेट्स में हर एक्सचेंजेस का डिफरेंट होता है रेट्स रेट्स वेरी करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा सब एक्सचेंजेस पर किस पे क्या रेट चल रहा है और आपको क्या किस में ज़्यादा फ़ायदा है ये भी एक है कॉइन डी सी एक्स जो ऑलरेडी ऑपरेटिव है और आ, लोग इस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं मैंने कम्यूनिटी में बहुत सारे लोगों को पूछा है तो ऑलरेडी इस पे भी काम का, मतलब बाइंग सेलिंग चल रहा है लोगों का तो ये ट्रस्ट है और एक जियोटस भी है ये भी पुरानी कंपनी है 2016 17 से वो है ऑपरेटिव बिट बी भी एक कंपनी है तो ये बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो इंडिया में अभी ऑपरेटिव है लेकिन मैं वही बोलूँगा कि बाय करने के बाद जो भी आपके फंड्स है क्रिप्टो है वही इन एक्सचेंजेस पे मत रखो डायरेक्टली अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो और वहाँ पे स्टोर कीजिए वॉलेट्स के लिए हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के वॉलेट्स होते हैं और आप कैसे उनका यूज़ कर सकते हो जो फ्री होते हैं यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होते तो ये था एक्सचेंजेस के बारे में और आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में आप मैंशन कर सकते हो और दूसरा जो कोर्स हमारा चल रहा है टेक्निकल अनालिसिस उसका भी फायदा लीजिए वो भी स्टार्ट कीजिए पैरल तो आपको क्रिप्टो में डिरेक्शन मिलती जाएगी और एग्जैक्टली exactly क्या करना है पता चलेगा आगे तो फिलहाल के लिए इतना ही बाकी टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय